वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल स्टार एंड सुबह साज के इस वीडियो में हम फ्री में इमोट दिलाएंगे जी हां हाँ सिर्फ चार दिन का समय है आज से बचा हुआ तो वीडियो क्लास तक बने रहो और ये इमोट बहुत अच्छा ये फ्री में मिलेगा सिर्फ आपको टोकन जमा करना गेम खेलेंगे अगर भुया होगा अगर दो चार आदमी को मार देंगे तो भी टोकन मिलेगा ये टोकन सोलह मिनट पता नहीं कितने देर पर लेकिन रोज चार चार टोकन मिल जाएगा आपको तो वीडियो क्लास तक बने रहे क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार होने वाला और और हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आज की इस वीडियो हमें जो गेम में आ चुके हैं हम अगले बात अभी हम बताते हैं इमोट कैसा है तो हमें आ जाना है इवेंट वाला सेक्शन सब में स्टोर में जो इवेंट वाला में यहाँ पर इवेंट में क्लिक करना नीचे एप, एप मैक्स जो है इस पर क्लिक करना है इसके बाद ये वाला टोकन है हमें पंद्रह टोकन का जरूरी पड़ेगा पंद्रह टोकन के में मिलेगा इमोट तो हम इसके ऊपर आप, आप मैकसा इस पर क्लिक करेंगे ये है इमोट्स हम मेरे पास अभी पांच टोकन है या पंद्रह टोकन में खुल जाएगा तो देखिए ये मस्त इमोट है देख सकते हैं आप सभी स्क्रीन पर क्या मस्त इमोट है तो वीडियो क्लाइक चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज भाई तो इमोट बहुत ही तगड़ा है फ्री में मिलता है सबको मिलेगा फ्री में जाओ चेक करो अभी